तो इसका चैनल पर तो यह पर मैंने माइंट का एक कॉन नया वीडियो बना चुका हूं मैं जो कि आप देख सकते हो यहां पर आप देखेंगे थोड़ी देर बाद और इस वीडियो को पूरा देखना थोड़ा सा बड़ा है मुझे पता है लेकिन आपको पसंद आएगा मैंने यहां पर एक बहुत अच्छा फार्म बनाया है तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना इंट्रू के यहाँ पर पहले हमें नॉर्मल स्पॉन पॉइंट होता है यहाँ पर नॉर्मल जगह पर प्लेन में स्पॉन हो जाता है फिर हमें जो चाहिए वो है ऊँट तो हमें यहाँ पर ऊँट लेने के लिए चले जाते हैं फिर हमें ऊँट माइंड करना स्टार्ट करते हैं मतलब ऊँट को चॉप कर डाउन करना स्टार्ट कर देते हैं पर हमने बहुत सारा उन्माइन कर लिया है तो यहाँ पर हम जाते हैं हमारे रेस्पॉन्ट में वापस पहले यहाँ पर हम एक प्लैंक्स बना लेते हैं थोड़ा सा मुझे याद आया फिर यहाँ पर मैंने प्लैक्स बना लिया फिर एक ट्राफ्टिंग टेबल बना लिया फिर ट्राफ्टिंग टेबल को प्लेस करके जैसे कि आपको पता है बेसिक टूल्स बनाना है तो मैंने यहाँ पर सिर्फ पिक ही बना लिया पहले क्योंकि तो मुझे डायरेक्टली स्टोन का चीज़ ही बनाना था लेकिन मैंने स्टोन का चीज़ तो बनाया ही नहीं क्योंकि मुझे आयरन नहीं मिल गया इतना सारा बाद में आप देखोगे तो यहाँ पर मुझे गाय दिखती जिसको मैं मारने चला जाता हूँ तो मैं इसको ठंडी से मारूंगा सोच रहा था और फिर मार दिया बाहर तो मारने के बाद मुझे एक विलेज दिख गया जिस विलेज के पास में चला गया तो यहाँ पर हम विलेज में आ चुके हैं तो यहाँ पर नॉर्मली मुझे कुछ नहीं करना था तो मैंने यहाँ पर ऐसे एक विलेजर का क्रॉप खराब कर दिया और फिर उसको फिर से उगा दिया तो मुझे यहाँ पर एक माइन दिख गया आपको दिख रहा होगा तो मैंने इस माइन में जाके बहुत सारे पोल फोल बहुत सारे रिक्शों से इकट्ठा कर दिए फिर मुझे यहाँ पर माइनिंग करते करते बहुत सारे कुछ आ, बहुत सारे नहीं कुछ ही आयरन मिले ऐसे ज़्यादा नहीं छः आयरन मिल गए जिनको मैंने कलेक्ट कर लिया और फिर मैं गिरते गिरते एक बार बच गया लेकिन फिर क्या हुआ आप देख सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक फारनेस बना लिया और फारनेस को मैंने प्लेस कर दिया यहाँ पर फिर मैंने क्या किया ठीक है मैं इतना बात क्यों कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैंने एक वेड ले आया फिर मैं वापस आके थोड़ा सा कोल कलेक्ट कर लिया मैंने ताकि मैं आयरन्स को स्मेल्ट कर सकूँ मैंने आयरन को स्मेल्ट होने दे दिया फिर मैं यहाँ पर एक बेड प्लेस कर चुका था और यहाँ पर रात होने ही वाली थी तो रात होने के हो चुकी थी और हम अब सो सकते हैं तो पहले तो मुझे एक चीज़ याद आया मैं यहाँ पर क्यों गया मुझे पता नहीं मैंने स्टोन कलेक्ट करना था मुझे तो मैं थोड़ा सा स्टोन कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया मैंने और देखते ही देखते रात हो गई मुझे नज़र में भी आ गया फिर मैं यार क्या करूँ मैं तो सो गया एक भी आकर मुझे अटैक कर दिया जब अभी कुछ करना तो नहीं था मेरे पास टूल्स भी नहीं थी सफिशिएंट तो मैंने थोड़ा सा ऊपर ब्लॉक्स लगा के इसको मारना स्टार्ट कर दिया ओवी प्लैक से और इसको मार दिया क्योंकि इसका हेंद भी बहुत ही डाउन था तो जल्दी ही मार गया और फिर एक स्पाइडर भी आएगा आप देख लो मतलब दिन के टाइम में भी अब स्पाइडर हमें मार रहा है क्या बोलो और? आप देखेंगे ये देखिए दिन के टाइम में भी स्पाइडर आके मारते हैं क्या करें ऐसे हो चलेगा तो मैंने इसे मार दिया मैंने इसे स्टोल्स पी से ही मारा क्योंकि मेरे पास सभी स्टूल्स नहीं थे कुछ भी तो यहाँ पर क्या करती तो यहाँ पर मैंने देखा कि मेरे आयरन स्मेल्ट हो चुके थे मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मेरा खाना पकाने दिया था एक फिर यहाँ पर मैंने क्राफ्टिंग टेबल खोल के पहले तो एक शील्ड बनाया तो बनाना था लेकिन मैंने जे... याद है कि मुझे पहले एक शील्ड बना लेना चाहिए और फिर मैंने एक बकेट भी बना लिया और एक आयरन मेरे पास दो आयरन रह गया इसलिए मैंने एक स्वॉट क्राफ्ट कर लिया फिर मैंने मेरा आर्मर मतलब आर्मर की बोल लो फिर मैंने मेरा शील्ड पहन लिया हाथ में ले लिया पहन कैसे सोच सकते शीट को कैसी बात हो गई जो भी हो तो जो काम की चीज़ नहीं है मैंने उसको ऊपर रख दिया जो काम की चीज़ है उसी को नीचे ही रख दिया जो कि मुझे चाहिए अभी तो यहाँ पर मेरे पास एक बकेट था तो मैं बकेट को फिल करने जाने ही वाला था तो मैं बकेट को फिल करने जा, जा रहा हूँ और यहाँ मेरा खाना भी कुक है इसलिए मैंने फारनेस भी तोड़ लिया और मेरा क्राफ्टिंग टेबल तो लेना ही पड़ेगा बेड मैंने ले लिया और फिर मैं चला वाटर लेने। लेना पर मैं ले, वाटर लेते ले आने के बाद जब बाहर आता तब तो मैं गिर गया और मैं कैसे भी हो कि वाटर वैकेट ट्रिक करके बच गया और नीचे गिर गया गिरने के बाद मुझे थोड़ा सा आयरन दिखा जो कि मैंने ले लिया सिर्फ एक ही आयरन था शायद से हाँ एक ही आयरन था तो मैंने इसे ले लिया और गलती से मैंने एक बार पानी प्लेस कर दिया फिर मैंने उसको ले कर वहाँ पर भी टॉर्च लगा दिया एक जॉम आ रहा था जिसको मैंने शील्ड से रोक के जिसको मैंने मारा था और इसका बेकार रोटीन फ्रेशीन नहीं चाहिए था लेकिन मैंने क्यों लिया मुझे पता नहीं है जो भी हो मैं यहाँ पर गया मुझे आयरन दिखा बहुत सारे तो मैंने इस आयरन को भी ले लिया पर एक था जिसके दर में मैं पीछे आ गया फिर मैंने सील को पकड़ के धीरे धीरे उसके पास गया मैं फिर वही अपने एरो से डैमेज खाने लगा आप देख सकते हो तो मैं थोड़े देर के बाद उसके पास भी जाने लगा और फिर वो तो डैमेज खा ही रहा था फिर मैंने उसे मारना स्टार्ट कर दिया और फिर यहाँ पर जोमविज भी आ रहे थे तो मैंने पर बोक लगाने की कोशिश की लेकिन कोई काम तो नहीं हुआ और मैंने जैसे कर की हुई हो थोड़ी देर के लिए मैं बच गया इतनी सी गलती और मैं मर जा सकता था लेकिन मैंने जोबी को फाइनली मार दिया और फिर मुझे पर बहुत सारा आयरन दिखा जिस आयरन को मैं माइंड करना स्टार्ट कर देता हूँ जगह को सिल करके थोड़ी देर के लिए पीछे जाता हूँ और कुछ देर बाद मैं यहाँ पर फिर से आ जाता हूँ और पर मैं सोचता हूँ कि मैं नीचे जाऊँगा तो मैं नीचे जाने के लिए देरी हो चुका था तो मैं इस तरफ जा, जा रहा था यहाँ पर एक टन था उसको मैं मारना था तो मैं तो उसके पास जाकर उसको मारने वाला था पर मुझे कुछ आयरन दिख गए थे जिसको मैंने मुझे करना था तो मैंने इस आयरन को माइन कर लिया और फिर कलेक्ट भी कर कल लिया तो मैंने यहाँ पर एक डार्ट ब्लॉक खोला तो मुझे ऐसा कुछ दिख गया तो मैंने यहाँ पर नहीं जाने को सोचा कि मुझे पता था कि सारे रास्ता सेम ही है तो मैं ऐसे ही चलते रहा तो मुझे इस तरफ जाना था क्योंकि इस तरफ मुझे लग रहा था कि नीचे जाएगा ये वाला रास्ता तो मैं नीचे ही चल जाने लगा और मुझे यहाँ पर भी बहुत सारे आयरन मिले बहुत सारे आयरन मैं टॉर्च लगाते लगाते नीचे जाने है ना का और क्यों पता नहीं मैं बार बार टॉर्च को तोड़ रहा था और उसको वहाँ पर भूल जा रहा था लेकिन जो भी है मैंने यहाँ पर वाटर वगैरह ट्रिक करके नीचे चला गया मैं और फिर यहाँ पर मुझे फिर से आयरन दिखा बहुत सारा तो पहले मैंने उस आयरन को माइन कर लिया जो कि मेरे पास था और फिर मैं मैंने उस वाले आयरन को भी माइन कर लिया लेकिन मुझे वहाँ पर और भी आयरन दिख गया था जिसके लिए मैंने वहाँ पर भी माइनिंग कर लिए बहुत सारे आयरन थे तो यहाँ पर बहुत देर घूमने के बाद मुझे एक स्पोनर मिल गया जिस पोनर से मैंने देखा बहुत सारा लूट था तो मैंने उस स्पोनर को भी तोड़ दिया मतलब स्पोनर को नहीं तोड़ा सारे चेस्ट तोड़ के वहाँ से सारे लूट ले लिया तो यहाँ पर एक जम्बी स्पोनर था तो मैंने वहाँ से बहुत सारे लूट ले लिया तो मैं वापस ऊपर आके बहुत मुश्किल के साथ 30 मिनट्स तक माइनिंग किया मैंने फिर ऊपर आ मैं सो गया और फिर मैंने मेरा बिस्तर लेके आगे बढ़ा और मुझे लगा कि मुझे एक फार्म बना लेना चाहिए क्योंकि हम बेसिक वे में करेंगे जैसे कि ह्यूम्स पहले करते थे तो, पहले उन्होंने फार्म करा था फिर घर बनाया था क्योंकि फार्म के लिए उन्होंने घर बनाया था फार्म के पास रहने के लिए तो हम भी पहले फार्म ही बनाएंगे जी हमें बहुत सारे चीज़ें मिल खाना मिल दे रहे तो मैंने पहले मेरा फानस वानस जो भी था उसको रख दिया और मेरे पास देखिए फिफ्टी एट आयरन आ गया था पूरा थार्टी मिनट्स मैंने माइनिंग किया ओह वाइंग मेरा सी भी दर्द कर रहा था तभी लेकिन मैंने आपके लिए वीडियो बनाया तो इस बार में वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा तो फिर मैंने गलती से दो क्राफ्टिंग टेवीट बना लिया मुझे क्यों क्यों बनाया मुझे पता नहीं गलती से बना लिया फिर मैंने यहाँ पर थोड़ा सा स्टीक आ, मतलब थोकिया बना रहा था मैं यहाँ पर कोल का ब्लॉक बना लिया मैंने ताकि मुझे जल्दी से आयरन स्मेल्थ हो चुका जाए तो यह पर मैंने एक कोल का ब्लॉक बना लिया जैसे कि आप देख सकते हो ओके तो यह पर मैंने आयरन को स्मेल्थ होने दे दिया और फिर मैं मेरा फार्म के लिए एरिया को शाप करना स्टार्ट कर दिया मैंने तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब इसमें भी मैंने थर्ट एक घंटा तो वेस्ट कर दिया इसमें ही मतलब मैंने इस जगह को कितने ज़्यादा सुंदर बनाया अब देखो अभी भी पूरा नहीं होगा मतलब अभी भी एक घंटा नहीं मैंने इस एरिया को भी ठीक किया तो बहुत ज़्यादा टाइम लगा मुझे तो थर्टी मिनट्स एक घंटा काम करने के बाद मैंने यहाँ पर प्लान बन लिया जिसमें मैंने पहले तो एक चार बाई का मतलब दो बाई का एरिया मैंने तोड़ दिया क्या बोलूँ मैं क्या सोच रहा था चीज़ तो यहाँ पर मैं जो काम का चीज़ नहीं उसको चेस्ट में रख रहा था जो कि काम में लगेगा वो यहाँ पर ले रहा था तो यहाँ पर मैंने पहले एक वकेट दे दिया और फिर यहाँ से वाटर ले आया मैं ताकि मैं यहाँ पर एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना सकूं तो यह पर मैंने एक अनलिमिटेड वाटर सोर्स बना लिया था जिसके चार पास मुझे थोड़ा सा और भी तोड़ना था क्यों मैंने तोड़ा तो आपको ये थोड़ी देर बाद पता चल जाएगा क्योंकि मैंने बहुत सोच के ये प्लान बना लिया था मैंने मैंने मतलब इस फार्म का ही ब्लू प्रिंट बना लिया फार्म का ब्लू प्रिंट कौन बनाता है क्या बोलो मैं जो भी हो तो यहाँ पर मेरे पास आइडिया एक आ रहा था जिसके लिए मैंने पूरा फार्म के आस का एरिया भी साफ़ कर लिया था तो यहाँ पर मैंने काम तक तो स्टार्ट कर दिया था अब मुझे चाहिए थे कुछ खाना क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लग रहा था तो मैंने पहले पर दो ब्रेड बना के सोचा कि हो जाएगा लेकिन फिर से एक ब्रेड का कमी पड़ गया तो मैंने और एक ब्रेड बना के खा लिया फिर यहाँ पर आयरन भी स्मेल हो चुके थे तो मैंने पूरा एक आयरन का आर्मर बना लिया फास्ट दे में ही क्योंकि तो बहुत ही नॉर्मल ईजी होता है आयरन का आर्मर ऐसा कुछ टप चीज़ नहीं है तो हमने पूरा आयरन बना लिया था फिर आयरन का पीकेस बना लिया मैंने क्योंकि पीकेस आयरन का बहुत ही जरूरत है नहीं तो अगर हमें डायमंड मिल जाते तो कहीं पर तुम हम क्या करेंगे तो फिर मैं ऊँट का प्लैंक्स बना लेता हूँ फिर यहाँ पर बहुत से कुछ टिक्स बना के मैंने एक हो भी बना लिया क्योंकि हो मुझे चाहिए था क्योंकि हो के बिना मैं फार्मिंग कैसे करूंगा ना तो मैंने यहाँ पर हो भी ले लिया तो पर मैंने इस जगह को पूरा इनफिनिट वाटर सोर्स बना लिया यह पर मैंने वहाँ पर एक टेम्प्रेरी ब्लॉक रख के इस जगह को पूरा जो दो बाई दो में कन्वर्ट कर दिया क्योंकि मुझे चाहिए था कि पानी दो बाई दो ही दिखे लेकिन अंदर पानी हो जिससे वो फार्म है स्प्रेड हो मतलब यह पर मैं हूँ को चारूर तो पानी से फार्म को कुछ बेनिफिट तो होना चाहिए ना एक मतलब मैंने एक ऐसा चीज़ बना दिया कि ऑयल भी लगे और पानी से फार्म को चीज़ भी मिली मतलब मैं इस फार्म में अंदर अंदर थोड़े थोड़े करके इतना पानी नहीं देना चाहता था तो मैंने यहाँ पर कैलकुलेशन स्टार्ट कर दिया और फिर मैंने यहाँ पर मेरा जो फेंस का दो था वो हाथ में लिया फिर जिस तरफ मुझे फ्रंट बनाना था वहाँ पर भी कैलकुलेशन करके मतलब मुझे पाँचवा बक में लगाना था तो वहाँ पर मैंने दोनों फेंस गेट लगा दिया और फिर मुझे करना था फेंसिंग फिर मुझे फार्मिंग करना था तो पर मैंने फेंसिंग को भी स्टार्ट कर देना था तो मैंने यहाँ पर फेंसिंग स्टार्ट कर दिया तो यह पर मैंने फेंस लगा के बदल फेंस गेट लगा दिया जिसको मैंने तोड़ दिया और फिर वहाँ पर मैंने फेंस लगा दिया जितने ज़रूरत था तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा काम करने के बाद मैं सो गया पूरा जगह को मैंने फेंसिंग हाफ कर दिया था फिर मैंने थोड़ा ऊट की कमी होने के लिए थोड़ा ऊट लेने चला गया फिर से और फिर देखो मैं ऊट के कमी के लिए उद ले आया तो बहुत सारे और आप मैंने यहाँ पर बहुत सारे काम कर लिए थे देख सकते हो आप मैंने यहाँ पर गेट भी बना लिया था मतलब मैंने यहाँ पर पूरा फेंसिंग कर लिया था और फेंस के अंदर जाने के लिए थोड़ा सा डेकोरेशन भी कर दिया था अब मुझे एक घोड़ा दिखा जिसको मुझे टेम करना था तो मैंने इसको शायद से भूख लग सकती थी इसलिए मैंने थोड़ा सा हे ले लिया ताकि मैं खाना बना सकूँ उसके लिए तो मैंने यहाँ पर हे कलेक्ट कर लिए बहुत सारे ज़्यादा वेबल्स नहीं थोड़ा सा कर दिया और फिर सैडल और सब कुछ के साथ में यहाँ पर चला गया इसको टेम करना था मुझे तो मैं इसके ऊपर बैठ के इसको टेम करने की बहुत ज़्यादा कोशिश किया और ये बहुत ही जल्दी टेम हो गया तो इसको मैंने पहना दिया मेरा सैडल ताकि मैं इसे कंट्रोल कर सकूँ और फिर मुझे लगा कि मैं यहाँ पर इसको तो यहाँ पर फार्म के अंदर नहीं रख सकता तो मैंने यहाँ पर इसको छोड़ दिया थोड़ी देर के लिए और मैंने इसके लिए एक पीठ तैयार किया मतलब एक गर्द एक छोटा सा बोल सकते पीठ बोलते हैं हाँ तो पीठ तैयार किया मैंने जिसके ज़रिए मैं यहाँ पर उसको रख सकता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हो शावल से मैंने वहाँ पर कर दिया ताकि वो बाहर ना आ सके तो तीन बॉक्स नीचे मैंने बनाया था इसको और फिर देखिए आप जब मैंने इसको ऊपर राइट करके इसको उस तरफ ले आया तो इसको यहाँ पर लगाने के बाद मैं उतर गया और इसको नीचे धक धकल कर फेंक दिया और फिर और फिर अब देख सकते हो मैंने यहाँ पर सोचा कि किस्टोन लगाऊंगा तो काबल लगाने के लिए मैं यहाँ पर चला गया लेने के लिए लेकिन मेरे पास तो कॉप्सन मुझे मिल गया थे चेस्ट से और मुझे याद आया कि मुझे इसके लिए थोड़ा सा नाम भी दे देना चाहिए नहीं तो ये डिस्पाउंड हो जाएगा अगर डिस्पाउन हो जाएगा तो तो अच्छा नहीं होगा और फिर मैंने देखा कि मेरे पास आयरन का थोड़ा सा कमी हो चुका था तो मुझे मैंने देखा कि एन बनाने के लिए मुझे और कितने चाहिए तो मैंने देखा कि मुझे और दो चाहिए तो मैंने आयरन के खोज में निकल पड़ा तो बहुत धूलने का मुझे तो आयरन नहीं मिला इसलिए मैंने आयरन बोलन को ही मार दिया और क्या कर सकते हैं हम तो आयरन बोलन को मार दिया हमने फिर उससे हमने ले लिया आयरन फिर उस आयरन को लेके आके हमने बना लिया एक एंड जिसको मैंने वहाँ पर रिस्प्लेस कर दिया और फिर मैंने मेरा नेम टैग लेकर चीज़ से निकाला और उसके नाम देने का सोचा तो मैंने बहुत सोच कर उसका नाम दे दिया पहले मैंने सोचा था कि क्या दे सकते क्या दे सकते बहुत सोचने के बाद मैंने इसका नाम दे दिया ब्लाडी भूत का नाम दे दिया इतना कैसा नाम है वाइल्ड नाम है कितना अच्छा भी नहीं तो मैंने उसके पास जाके उसको ये नेम देने ही जा रहा था लेकिन मैं गलती से नीचे ही गिर गया तो मैंने उसको नेम कर दिया फिर मैंने मेरा वाटर बैगेट लेके ऊपर आ गया मैं ये कैसा कर रहा था मुझे लगा कि मुझे काटने की कोशिश कर रहा था तो जो भी हो मैं ये ऊपर आने की कोशिश कर रहा था लेकिन मैंने उसका आने नहीं दिया और फिर मैंने यहाँ पर कोवल लेके आया मैं और फिर कोवल लेके मैंने इसको ऊपर से कवर कर दिया जाकि ये पर बारिश हो तो ये ठीक ना जाए और जोम भी इसमें अटेक ना करे ऐसे भी जॉम्बी हॉर्स को अटैक नहीं करते लेकिन अगर इसके ऊपर लाइटनिंग गिर सकता था बहुत कुछ हो सकता था तो मैंने ऐसा अगर नहीं होना चाहता था मैं मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो तो मैंने इसको छोड़ ही दिया था ऐसे तो यहाँ पर मैंने फिर से मेरा कहाान के काम में लगना शुरू कर दिया तो यहाँ पर अब देख सकते हो अब मैं क्या करूँ फिर से मैंने थोड़ा सा ब्रेड बना लिया क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रहा था जैसे कि आप देख सकते हो फिर मैंने इस ब्रेड को खाना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर आयरन कुछते कुछते मैंने एक विलेजर के घर से बहुत सारा एमरल्स भी मिल चुका था चार एमरल्स आप देख को देख सकता है तो यहाँ पर मैंने अंदर गया मैं फिर यहाँ पर जो उवेल है उसका थोड़ा सा डेकोरेशन करने का कोशिश किया लेकिन ये तो काम कर ही नहीं रहा था लेकिन मुझे अभी याद आया कि मुझे अभी थोड़ा ऊल चाहिए इसीलिए मैंने मेरा स्ट्रिंग्स बाहर निकल लिया और स्विंग से मुझे बनाना था चार मुझे चाहिए था उल, लेकिन मेरे पास एक उल का कमी पड़ गई इसलिए मैं शीप ढूंढने निकल पड़ा और बहुत घूमने के बाद बहुत ढूंढ मैंने शीप मिला ही नहीं आप देख लो कितने ढूंढने के बाद मुझे शीप मिला आप सब देखो कहीं पर भी शिप नज़र नहीं आ रहा था मतलब मैं करूँगा तो कर करूँगा क्या कहीं पर भी शिप नहीं था यहाँ पर तो जो भी हो मैं यहाँ पर कंटिन्यू कर रहा था मेरे वीडियो को तो यहाँ पर मैंने बहुत ढूंढा लेकिन नहीं मिला ओके मुझे लगा कि विलेजर के घर के अंदर से भी मिल सकता लेकिन विलेजर के घर के अंदर से तो नहीं मिलने वाला था मुझे तो मैंने यहाँ पर एक विलेजर का ट्रेड चेक किया जो कि बहुत ही गंदा था क्योंकि वो मुझसे इमरल के दे रहा था कुछ रिक्स फिर मैंने खाना ही कलेक्ट कर लिया क्योंकि मुझे इम्र... उल तो नहीं मिल रहा था और ये विलेजर वाले तो मैं तोड़ रहा हूँ तो तेरा फसल है तो फिस उगा देना मुझे थोड़े देर के ले लेकिन मैं तोड़ रहा हूँ तो वो भी ले ले मुझे तो मिल नहीं रहा था कुछ सारे वो ले रहे थे मैंने जल्दी से जाके सारे तोड़ना स्टार्ट कर दिया और फिर उनका सीट मैंने तो उठा लिया क्यों तो मुझे तो ऐसे तो नहीं ले रहे थे तो मैंने जो सीज लगा था तो वही सीस ले लिया क्योंकि ये तो फिर से उगा देंगे तो मुझे प्रॉब्लम भी नहीं थी तो मैंने ऐसे से सीट्स बहुत सारे उठा लिया फिर वो चोरी कर रहे थे जो भी हो Hey. तो पर मुझे बूट बीट रूथ दिखा जो कि मैंने फिर से कलेक्ट कर लिया कलेक्ट करते करते मैंने जल्दी से थोड़ा सा दाट भी तोड़ दिया मतलब हार्मल्स भी तोड़ दिया लेकिन कोई बात नहीं मैं आगे बात कर रहा यहाँ पर मैंने थोड़ा सा कार्स भी कलेक्ट कर लिया लेकिन बिल्लीज के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे थे तो मैंने लीजर को हीट करके भगा दिया और फिर से सब कुछ लेके मैं भी भाग गया मैंने सोचा कि मेरे पास एन एफ कैरस हो चुके हैं इसलिए मैं भी चला गया लेकिन वो बाद में मुझे पता चला कि वो एन नहीं था तो फिर मैंने फिर से उल काम में लग गया बहुत ढूंढने के बाद मुझे उल मिल गया था फाइनली तो मैंने यहाँ पर जो डेकोरेशंस था वो कंप्लीट कर लिया मुझे पता था इतना अच्छा लुक नहीं आ रहा था क्योंकि मुझे प्लांट्स में ना थोड़ा सा गड़बड़ हो चुका था लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर फिर से फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर जो पानी था उसके लिए यहाँ पर देख सकते कलर भी चेंज हो जा रहा था फार्म लेंस का तो मैंने यहाँ पर पूरा हो करना स्टार्ट कर दिया और फिर वहाँ पर मैंने उगा दिया पहले तो यहाँ पर मैंने उगा दिया वित सीड्स हड़े भर घोड़ा था तो मैंने सोचा उसको थोड़ी देर के लिए मैंने छोड़ दिया मैंने सोचा कि वो भाग जाएगा लेकिन ये तो भाग ही नहीं रहा था लेकिन फिर मैंने गुस्सा होकर उसको एक चापेट मारा और वो भाग गया देखिए मैं भागूँगा भी अभी भाग गया फिर मैंने यहाँ पर फिर से फार्मिंग स्टार्ट कर दिया तो मैंने यहाँ पर जितना भी कुछ लगाना था मैंने बहुत कुछ लगा दिया था ऑलरेडी तो मैंने यहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट कर दिया तो इस तरह मुझे लगा ना था तो कैरस तो मैंने कैरस लगा दिया मैंने फिर से यहाँ पर फार्मिंग स्टार्ट कर दिया मैंने यहाँ पर सब कुछ तोड़ दिया फिर यहाँ पर मुझे लगाना था इस बार हुईट यहाँ पर अच्छा काम तो अच्छा ही चल रहा था हमारा फार्मिंग का तो यहाँ पर मुझे कैरेट्स की कमी पड़ी तो मैंने यहाँ पर कैरेट्स ढूंढने के लिए घूमना मुझे नहीं मिला इस विलेज में फिर मैं सामने की ओर गया तो वहाँ पर मुझे एक विलेज मिला वहाँ पर भी नहीं था तो यहाँ पर मैंने एक विन पोर्टल देखा जिससे मुझे ये सब चीज़ें मिल गई जो तो कि मैंने ले लिया थोड़ा सा हेलमेट था फिर थोड़ा सा नागेट्स था और एक वो था सब में इंजन में थे तो मैंने ले लिए और बाद में सर मैं इस दोनों विलेज के पास एक पाथ बना दूंगा जैसे ये दोनों बन के हमारा एक बहुत बड़ा विलेज बन जाएगा तो बहुत ही अच्छा होगा वो बड़ा चीज़ तो जो भी हो यहाँ पर मुझे एक गोल का ब्लॉक दिखा था जिसके लेने के लिए मैं ऊपर चला गया तो ऊपर जाके मैंने उसको कलेक्ट करने के बाद आयरन जो बाकेट का ट्रिक कर लिया वाटर बाकेट का फिर मैंने यहाँ पर पानी के लेने की कोशिश कर रहा था लेकिन कुछ तो प्रॉब्लम इसके हो नहीं रहा था फिर मैंने उसको ले लिया फिर नीचे में आ गया और फिर मैं मेरे घर के ओर आगे बढ़ता रहा लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा भूख आ रहा था तो मैंने ब्रेड खा लिया ये तो मैं दौड़ तो भी नहीं सक रहा था तो खाने के बाद मैं चला आया मेरे घर यहाँ पर फिर मैंने थोड़ा तो सा हेवेल कलर बनाने का को कोशिश किया हेवल बोला मतलब बोन मिल बोलते थे मैं बोन मिल बनाने का कोशिश कर रहा था लेकिन तो ये भलेजा तो मुझे करने ही नहीं दे रहे थे तो मैंने फाइनली बहुत कोशिश करने के बाद थोड़ा सा बोन मिल बना लिया था मैंने मुझे पता नहीं मैं क्यों बनाया था लेकिन मैंने बनाया अपने मैं। कॉम्पोस्टर्स को यूज़ करके फिर तो मैंने इनको नॉर्मली अप्लाई कर दिया या फिर भी मैं बना रहा था और एक ताकि एक ग्रो हो जाए ऐसे ही बना रहा था मैं तो मैंने फिर से एक बना लिया और इसको भी फिर से अप्लाई कर दे सेम वाले प्लांट के ऊपर ही और ये ग्रोथ हो गया तो फार्म का मेन स्ट्रक्चर तो हमने कंप्लीट कर दिया लेकिन साइड में थोड़ा सा बाकी रह गया था तो ऊपर मैंने फर्स फिर से कैरेट लगा दिया तो इस वीडियो में इतना ही देख सकते हो बहुत ही अच्छा मैंने फार्म बनाया बहुत ही मेहनत करा ऑलमोस्ट थ्री आवर्स मैंने इसके ऊपर मेहनत किया तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मंद भूलिएगा और वीडियो को शेयर करना भी मंद भूलिएगा तो मिलते आपको नेक्स्ट वीडियो तब तब तक ले बाय बाय एंड स्टे टूंट